सीधी के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघ शावक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाघ शावकों की चहलकदमी ने पर्यटकों का मन मोह लिया है बाघ शावक कहीं शिकार तो कहीं नदी में अटखेलिया करते नजर आए सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में छह बाघ शावकों की चहलकदमी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है यहाँ पर ये शावक एक साथ कहीं शिकार करते नजर आए तो कहीं एक साथ नदी में अटखेलिया करते दिखे यह रोमांच भरा नजारा देख पर्यटक काफी उत्साहित है शावकों का एक साथ नजर आना और उनके द्वारा उछल कूद ने पर्यटकों का मन मोह लिया पर्यटकों ने नजारे का जमकर लुफ्त उठायाचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरीज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग देश मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन